माई डियर फ्रेंड्स जिंदगी में रोना मत तो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई साहिल के तमाशाई आप पे हंसते तो रहेंगे और दुखी भी हो जाएंगे लेकिन कभी इमदाद नहीं करेंगे जीवन कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा अपनी तकलीफ पद बताओ 80 परसेंट लोगों को तो आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और बीस लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है अपना रोना किसी के आगे मत रो